ये भी मैं आप लोगों को एक लर्निंग है जो मेरी शेयर करना चाहता हूं क्योंकि ये पागल बने और अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया तो ये इतना ज्यादा हो गया कि घर घर में लोग यही सोच रहे हैं मोबाइल लो पैसा कमाओ मोबाइल वीडियो बनाओ पैसा कमाओ कुछ भी करो पैसा कमाओ तो वो थोड़ी ऑकवर्ड चीज है जहाँ से आर्ट और आर्टिस्टिक लोग जो है ना वो धीरे वैनिश होते चले जा रहे हैं जो रियल आर्टिस्टिक लोग हैं वो छुपते चले जा रहे हैं कुछ ऐसे एक फूहड़ जो वीडियो होती है उनके आगे है ना तो बड़ा अजीब लगता है फूहड़ वीडियो जो है अच्छे आर्टिस्ट को खा गए ऐसा बहुत बहुत हुआ है मतलब अगर देखिए हम लोग तो ऐसा खूब हो रहा है आपको भी पता है तो ये पागलपन है बस इससे बच कर रहिएगा आप सिर्फ के तौर पर आइए और बस इतना ही शौक रखिए ताकि आप उसे छोड़ जाए छोड़ सकें लत लग गई तो आप पागल हो जाएंगे क्योंकि आप फिर नहीं रह पाएंगे आपको सुबह मोबाइल उठाना पड़ेगा पागल होगा लो कितने लोगों ने देखा कितने लोगों ने लाइक किया और लाइक नहीं किया और, और कमेंट्स आ रहे हैं एक और चुल में नहीं सोचा कि इसके आधी बन जाएंगे हम लोग वीडियो शौक के लिए बनाना शुरू किया था लेकिन आज उसके आधी बन गई आधी समझते हो कि पागल हो गए डालना ही डालना है वीडियो अरे ऐसी ड्यूटी लग गई समझ लो तो वो एक थोड़ी अजीब लगती है कि इसकी लत लग जाना गलत है तुम आपसे कहोगे आप सोच समझ के आओ और एक सर्टेन पीरियड के लिए आओ जब नाम पैसा कमा तो उसके बाद आप सोच लो कि नहीं आप बहुत हो होगा सो so, ऐसे दिमाग से भी आना या पूरी जिंदगी ये काम नहीं करना है